कैसे चोरी होगी अपने संतराम चाचा को बुला के अब बुला ला रहा अच्छा तो फिर जा तो भर रहा भर फिर दर्जी भाओगा मजा ऐसा तो तो तो तो तो हो रहा मजा ऐसा हो रहा मेरी भैंस चोरी हो गई पूरा चोरी होगी भैंस चोरी होगी बाबा बता रहा हूँ पूजा पानी लेके आने का पानी लेके आ रे बैठने को तो क्या ना अभी बैठ जा रही परसों के दिन की बात दिखाई कल कंखे दिन की बात दिखाई है बाबा अरे मैंने वहाँ पल्ले मोहल्ला में ऊ ना है ऊ का नाम वाले काम को कहा नाम बताया के के वो देंच, देंच ने फिर, फिर संतराम अच्छा। तो पूछी तो बताइये पांच रूपये भी पांच रूपये भी दिए है मुझे मेरे पांच रूपये देखा यू ना रहा हूँ पांच रूपये यू ऐसा कह रहा हो यू वो है ब्लूथूथ है ब्लूथूथ ब्लूटूथ ब्लूटूथ होगा में लीड अच्छा? तो है बाबा ऐसी रिपोर्ट कराओगे या वहां सी आई डी वाले आएंगे यहाँ तो सीधी बात है कैसे छाती और रो बाबा में दमी ना यार क्या करू बहुत कमजोर हो गया मेरी है, है और किसी तेरे तो तो लग अरे दिखे पागल कुछ चोर दिखे मुला कर देखू हाँ लगू तो बाबा, की की राम, रा राम प्यारी ले, ना ले काट दूंगा